क्या आपको पता है कि जॉर्जिया टेक के साइंटिस्ट्स एक ऐसे वॉच को रिलीज किए हैं एक ऐसे घड़ी को रिलीज किए हैं जिसमें पावर जो है वो हैंड मूवमेंट से आता है पावर पहला सनलाइट से आता है यानी सूरज से आता है और दूसरा हैंड मूवमेंट से आता है मींस जब ये घड़ी पब्लिक में रिलीज होगी तब अगर हम लोग इसको पहनेंगे तो नॉर्मली घड़ी पहनने के बाद जो ऐसे ही वॉकिंग करते टाइम जो हैंड हिलता है हैंड मूवमेंट उसी से इसको पावर मिलेगा ज्यादातर टाइम और जब ये रहेगा तभी बैटरी से पावर लेगा और वो भी सनलाइट से रिचार्ज हो जाएगा मतलब इस घड़ी में आपको बैटरी या ऐसी कोई कोई चीज का झमेला होगा ही नहीं और इसमें लाइफ टाइम तक पावर रहेगा और पावर ऑफ कभी होगा ही नहीं फैक्ट नंबर 19 ये है केचप एंड फ्राइज प्लांट आपने टोमेटो प्लांट देखा ही है आपने पोटेटो प्लांट भी देखा है बट क्या आपने पोमेटो प्लांट देखा है <laughs> पोटैटो प्लस टोमेटो इसका निक है केचप एंड फ्राइज प्लांट और ये जो प्लांट है ये एक ही साथ टोमेटो भी देता है और पोटैटो भी देता है ऊपर टमाटर देगा टोमेटो और नीचे पोटैटो देगा आलू और वो भी सेम टाइम में फैक्ट नंबर 18 कोलंबियन फॉरेस्ट में एक फूल पाया जाता है और लाइव साइंस में इसका आप आर्टिकल देखो इसे लोग कहते हैं डेमन ऑर्चिड यानी डेविल हेड वाला फ्लावर क्योंकि इस फ्लावर के इस पार्ट को आप देखो ऐसा लग रहा है किसी दानव का मुंह है कोई डेविल का चेहरा है इस फ्लावर में लिटरली ऐसा मतलब नेचुरली बना रहता है आपको मैंने एक बार फूल के बारे में बताया था इस नाम का जो कि चिड़िया की तरह दिखता है ऐसा लगता है की चिड़िया हो बट नेचर में ऐसे भी फूल है जिसको देखने पे लगता है की इसमें बीच में दानों का मुंह बना हुआ है फैक्ट नंबर सेवेंटीन ज्यादातर बैट्स यानी जो चमगादड़ होते हैं वो ऐसे दिखते हैं बट क्या आपको पता है कि एक सफेद कलर का बैट का भी प्रजाति होता है और इन्हें कहते हैं हॉन्ड्यूरन व्हाइट बैट्स और ये कुछ ऐसे दिखते हैं हॉन्ड्यूरन व्हाइट बैट फैक्ट नंबर 16 लियोनार्डो ग्रेनेटो ये एक सत्ताईस साल के अर्जेंटीनियन पेंटर है और इनका पेंटिंग सच में होश उड़ा देने वाला है ये लिटरली पेंट को अपने नाक के अंदर से लेते हैं और लेने के बाद उसको आंख से निकाल के आँख के नीचे से ऐसे फुहारे की तरह निकाल के देन पेंटिंग बनाते हैं बिल्कुल अपने इंस्पिरेशन जैक्सन पोलॉक की तरह जो कि बिल्कुल कुछ ऐसा ही करते थे फैक्ट नंबर 15 पुराने बॉलीवुड एक्टर देवानंद के बारे में एक फैक्ट है कहा जाता है की देनंद जो हैं वो ब्लैक कोट में इतने अच्छे लगते थे कि लोग बिल्डिंग से कूद जाया करते थे इनका एक झलक पाने के लिए और इसलिए कोट ने इस चीज को बैन कर दिया बट क्या ये ट्रू है क्या उनको कोट ने ब्लैक कलर का कोट पहनने से मना कर दिया इंडिया के कोर्ट ने ऐसा किया बट ये एक्चुअली एक र्यूमर है और इसे देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विथ लाइफ में क्लियर किया इस कोर्ट में आप देख सकते उन्होंने क्या कहा कि इन्हें इस रूमर के बारे में पता चला था बट ये ऐसी हंसी मजाक के लिए छोड़ दिए ताकि लोग भी हंसे कि अरे ऐसा भी हुआ था बट अपने इस ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विथ लाइफ में इन्होंने ये क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं था मैन फैक्ट नंबर फोर्टीन जब भी हम लोग सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो आपको पता ही होगा की म्यूजिक बचता है एक एम्बियंट म्यूजिक बचता है एक नॉर्मल सा कूल सा म्यूजिक बचता है तो क्या ये जस्ट एक नॉर्मल सी चीज है जो की यहाँ सुपर में म्यूजिक बचती है एक कॉमन सी बात है बट क्या इसमें कुछ और भी ज्यादा है तो हाँ बहुत फायदे का बात है असल में सुपरमार्केट्स में जो ऊपर म्यूजिक बजता है वो इंसान के दिमाग को काम करता है और इसे साइंटिफिकली हमारे बॉडी का जो स्पीड है चलने का वो स्लो हो जाता है दिमाग काम हो जाता है और हमें नई चीजें खरीदने का मन करने लगता है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग और इसलिए हम लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं एंड अगर कम्पेयर करें नॉन म्यूजिक टाइम को म्यूजिक टाइम के साथ तो रियली में सेल्स वॉल्यूम एंड मनी पे असर पड़ता है और उनका फायदा होता है इसीलिए म्यूजिक वो लोग ऑन रखते हैं फैक्ट नंबर थर्टीन जस्टिन और स्मिट ये जो है इन्होंने स्मिट इंडेक्स को निकाला था मतलब अगर कोई कीड़ा आपको काट दे तो जो दर्द का पेन लेवल होता है वो कैसे मापें तो इन्होंने उसी इंडेक्स को पहली बार निकाला था क्यूँकी ये एक एंटोमोलोजिस्ट है पूरे जिंदगी ऐसी मतलब शुरू से कीड़े मकौड़े मक्खी इन सब चीजों पे इन्होंने रिसर्च करते आया है तो सबसे मेन बात है कि इन्होंने इसी इंडेक्स को बनाने के लिए इन्होंने अपने आप को कटवाया है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इन्होंने इंडेक्स को बनाया है और करीब 78 से भी ज्यादा बीज एंड ऐसी चीजों से इन्होंने अपने आप को कटवाया है तब जाके इन्होंने ये किताब लास्ट में निकाला दैट्स रियली क्रेजी और outsideonline.com पे आप इनका ये आर्टिकल भी देख सकते हो कि कैसे एक साइंटिस्ट ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज करके ऐसा इंडेक्स निकाला मतलब जान के कटवा के इंडेक्स निकाला और ये भी फेमस है स्मिथ स्टिंग पेन इंडेक्स के नाम पे फैक्ट नंबर ट्वेल्व बुद्ध भगवान के जो ये ऊपर ये ऐसा रहता है बहुत लोगों को लगता है की उनका नॉर्मल हेयर है उनका बाल है बट असल में ये स्नेल्स है पता है ये छोटे छोटे स्नेल्स है कहानी के मुताबिक जब ये नॉन स्टॉप मेडिटेशन कर रहे थे तब एक स्नेल ने इनके बॉडी पे चढ़ के उस जगह पे आया ताकि जो हीट है गर्मी उसके चलते इनके मेडिटेशन और इनका जो एक नॉर्मल एम था उन पे बाधा न आए और ऐसे ही करते करते एक स्नेल्स इनके माथे को घेर दिए और ऐसे ही इस आप जो मूर्ति में ऐसा देखते हो इस चीज का जन्म हुआ ये असल में हेयर नहीं है अब बारीक में डिटेल में देखोगे तो ये असल में स्नेल है फैक्ट नंबर इलेवन डेट जो है ना ये जो वर्ड है इंग्लिश वर्ड डेट ये इसका काफी मीनिंग है पहला डेट मतलब दिनांक तारीख दूसरा डेट मतलब कपल वाला डेट और तीसरा डेट मतलब ये जो हम लोग खाते हैं डेट तो असल में हम लोग तीसरे की बात करें तो आपको पता है ये वर्ल्ड के सबसे हेल्थियस्ट फ्रूट्स में से एक है क्योंकि ये हार्ट यानी दिल के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें आयरन भी भरपूर होता है और साइंटिस्ट्स ने भी डेट्स को वर्ल्ड के सबसे हेल्दीएस्ट फूड्स में क्लासीफाई किया है फैक्ट नंबर टेन जब भी हम लोग पिरामिड सुनते हैं तब हमारे मन में इजिप्ट आता है कि इजिप्ट ही वो जगह है इस पूरे दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा पिरामिड्स मौजूद हैं बट ऐसा नहीं है असल में एक सौ बड़े छोटे पिरामिड मौजूद है इजिप्ट में बट सुडान नाम का एक कंट्री है और वहाँ पे 225 सौ मौजूद है और ये टेक्निकली वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पिरामिड वाला कंट्री है नियरली ट्वाइस इजिप्ट के पिरामिड से नियरली ट्वाइस है नंबर फोर्ड रोरा टू ये कार थी 1969 की और इसका जो इंटीरियर है वो ऐसा है जैसा आज तक भी नहीं बना आप देख सकते हो कि इस कार का इंटीरियर जो है ये कितना अमेजिंग है मतलब एक बिल्कुल सोफे की तरह है और Literally ऐसा फिर से किसी कार में नहीं हुआ जिस तरह ये फोर्ड में नाइनटीन में 1969 के ही टाइम में था फैक्ट नंबर एट रेडिट में इस इमेज को पोस्ट किया गया था और ये देखने पे ऐसा लगता है कि दो पेड़ आपस में ऐसे गले मिल रहे हैं हक कर रहे हैं, है ना? फैक्ट नंबर सेवन बहुत लोग हैं ना जिनका आदत हो जाता है की अपने टॉयलेट को वो अक्सर रोकते रहते हैं बट क्या आपको पता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता अगर कोई ऐसा एक बार भी करे तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होता काइंड kind ऑफ of. क्योंकि इससे किडनी स्टोन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है इसको रोकने से क्योंकि जो चीज आपके अंदर से बाहर आना चाहिए उसी को अगर सप्रेस करे कोई तो बॉडी में दिक्कत आने लगती है और वहाँ का मसल डैमेज और वहाँ का टिश्यू डैमेज ये तो कॉमन है ही इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए फैक्ट नंबर सिक्स मोरक्को में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर फार्म मौजूद है और आप इसका ऊपर से ड्रोन व्यू देखो पैंतीस हजार फुटबॉल फील्ड के बराबर के साइज पे ये फील्ड मौजूद है और करीब साल का 8 लाख टन कार्बन एमिशन को ये रोकता है और ये सहारा डेजर्ट में मौजूद है इस जगह का नाम है नूर क्वारजाटे कॉम्प्लेक्स और मोरोको सोलर फार्म फैक्ट नंबर फाइव क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला स्पेस होटल साल 2027 में जाके ओपन होने वाला है वॉइजर स्टेशन नाम का ये होटल और ये बिल्कुल कमर्शियल होटल होने वाला है ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन इसको खोल रही है और ये लॉन्च होने वाला है दो में और सबसे अमेजिंग बात है कि सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि एस्ट्रोनॉट्स इसमें रहेंगे बल्कि धरती का कोई भी इंसान बुक करके इस होटल में जा सकता है और फिर वो सेफली रिटर्न कर सकता है स्पेसशिप के थ्रू मतलब नॉर्मली होटल से हम लोग मस्त व्यू का बात करते है दूर दिखता अरे वह पहाड़ दिख रहा है नदी दिख रहा है बट इस होटल में ऐसे कोई उठेगा सो के फिर देखेगा बाहर तो पूरा धरती दिख रहा होगा और वो ऐसे ऐसे अंगड़ाई लेते हुए पूरे धरती को देखेगा एक शीशे के थ्रू फैक्ट नंबर फोर जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको Amazon का ऑफिस दिखाया था कैसे जेफ बेजोस अकेले एक कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं और दूसरे में एक ऐसा Amazon का बिल्डिंग जो पूरा पेड़ से घिरा हुआ है एकदम अरबों खरबो का बिल्डिंग वैसे ही Google का अभी देखो ये है गूगल का पहले का टीम और उस टाइम का ऑफिस गूगल और ये है अभी का ऑफिस जो की एकदम मैग्निफिसेंट फैक्ट नंबर थ्री सैन फ्रांसिस्को गार्टर स्नेक नाम का ये स्नेक है और इसे अक्सर वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल स्नेक भी कहा जाता है क्योंकि ये जो स्नेक होता है इसका जो कलर होता है बॉडी का वो बहुत ही अलग होता है और वर्ल्ड के सबसे यूनिक शेड्स में से एक होता है वो भी नेचुरली मतलब अगर ये किसी इंसान के आंख के सामने आ जाए तो लिटरली एक मतलब अनरियल सा लगता है ऐसा लगता है कि स्नेक के ऊपर किसी ने पेंटिंग कर दिया हो या फिर वीडियो या फोटो में एडिटिंग कर दिया हो बट कलर नेचुरली ही ऐसा होता है फैक्ट नंबर टू एक 16 महीने के बच्चे के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आई तो क्या हुआ था कि उस बच्चे के लिए हार्ट जल्दी नहीं मिल रहा था तब डॉक्टर ने आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हो इसी आर्टिफिशियल हार्ट से करीब तेरह दिन तक बच्चे को चलाया मतलब जब बच्चे का हार्ट नन फंक्शनिंग हो गया था तब उसके बाद जब इस आर्टिफिशियल लोहे के बने हार्ट को लगाया गया तब वो बच्चा तेरह दिन तक जिंदा रहा एंड उसके बाद जब उसका एप्रोप्रिएट हार्ट मिल गया तब तो उस पे लग ही गया बट सबसे अमेजिंग बात ये है कि तेरह दिन तक यह हार्ट उसको बचा के रखा इस हार्ट ऐसी इस आर्टिफिशियल हार्ट के चलते मतलब इंसान कितना आगे पहुँच गया है एक ऐसा डिवाइस जो की पूरे बॉडी में एक छोटे सा बच्चे बॉडी में ब्लड पंप कर सकता है एक आर्टिफिशियल हार्ट ये घटना इटली में हुई थी और cbsnews.com का आप ये आर्टिकल देख सकते हो फैक्ट नंबर वन अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो कितने दिन बाद तक आपका दांत टूट जाएगा और क्या ऐसा टाइम आएगा जब दांत एक्चुअल में निकल जाएगा आपके मुंह से नहीं ब्रश करने पे आपके दाँत पे ये पीला पीला जमा होने लगेगा प्लाक प्लाक कहते हैं बचे हुए खाने का अंश प्लस बैक्टीरिया प्लस आपके सलाइवा यानी लार इन तीनों के जमे हुए मिक्सचर को और प्लाक दूसरे बैक्टीरिया को इनवाइट करता है कि आओ इस घर को हम लोग अपना नया घर बनाते हैं मीन्स प्लाक से आपका दांत गंदा गंदा और गंदा होते रहता है और एक दिन ब्रश नहीं करने के बाद ही प्लाक जमा होने लगता है बट एक हफ्ते नहीं करने के बाद वो हजार गुना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और करीब तीस ऐसी चालीस गुना आपका दांत पूरा पीला पीला दिखेगा टीथ डिस्कलर हो जाएगा और आपका माउथ तो इतना महकेगा मानो एक नाला महक रहा हो तीन महीने बिना ब्रश किए आपके दांत के अंदर बड़े बड़े कैविटीज यानी गड्ढा बनना शुरू हो जाएगा और मसूड़े जो है वो ढीले होने लगेंगे साइंटिफिकली कहें इसको अनकॉमन भाषा में तो एक साल बाद जाके पेरियोडोनटेटिस नाम का एक कंडीशन होगा जिससे आपका जो तीत का गम है वो आपके दांत को छोड़ने लगेगा और जो ऐसे छोड़ेगा और जो स्पेस बनेगा उसमें और ज्यादा बैक्टीरिया इन्वाइट होगा और इतनी आबादी हो जाएगी बैक्टीरिया की कि आपका इम्यून सिस्टम ही गम को यानी आपके मसूड़े को डैमेज करने लगेगा उसके बाद आपका दांत गिरने लगेगा एक साल दो तीन महीने के अराउंड लिटरली बाहर निकलने लगेगा मतलब सोच के ही मेरे दांत में दर्द हो रहा है इस चीज के बारे में फिर क्या खत्म टाटा बाय बाय वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर ऑन कर लेना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग